आपका अपना सहारा 9 टूडे वॉइस न्यूज चैनल जी की टीम को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के हरथला हिंदरी कॉलोनी चौराहा एवं हरथला स्टेशन रोड पर दुकानें मिली बंद जब वहां वहाँ रहे लोगों से जानकारी ली गई तो लोगों ने बताया कि यह एक अफवाह है अफवाह को लेकर व्यापारियों में दहशत फैल गई थी जिसको लेकर छोटे बड़े व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकाने बंद कर दी है मुरादाबाद ऐसी वसीम अली के साथ मोहम्मद नबिया की रिपोर्ट